या देवी सर्वभूतु शक्तिपेण संसिता नम त स नम नमः नमो नमो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी का दुर्गा क्षमा शिवाधत्री स्धहनमो सु माई हे माई लाल चुनर बीच चमकत समूज तमा लाल चुने पीचनी कर चेहरा चमकत दुरूजमारंकार है ज्योति तुम्हारी, ती तुम्हारी तीनों लोग फैली बुझियारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोग फैली बुझियारी रूप को अधिक सुहाए रूप सुहाए। को अधिक सुहाए दर्शन को करे क लाल चुन रीत निकरत से हरा चमकत सुरूज समा के, के हरिम सोह भवानी लाँगो रबीर चलत य गुमानी थे हरिमान सोह भवानी लाँगो रबीर चलत य गानी कर माँ के थोड़ विराज करमे माँ से खरग भी राजे जा देखी चाल डरा हे माई लाल चुन रीछे निकरत चेहरा चमकत दूर समा करो कृपा मातू दयाला रिधि सिद्धि दे करो निहाला करो कृपा मातू दयाला रिधि सिद्धि दे करू निहाला जब लगूँ दया फल पामू तुम्हारों करी गुनगा हे माई लाल चुन रिछनी करत सेहरा चमक तुरूजमा हे माई लाल चुन रिछनी करत चेहरा चमकत सूरज समा दे माई लाल चुन रहे बिचनी करत चेहरा चमक सूरज समा